नी कोना लागे हमरे मनमा हम राजा हो सजनमा भैल निरा मोहिया कहीं ना ही लागे मोरे मनमा हमे राजा हो सजनवा भैल निरा मोहिया हे Mihya, koi kona laghe, more manwa, more raja, oh, sajana vaibhav. कैला विदेश सैया हो जदेशो कैल विदेश सैया भेजना संदेशो मनमा में हरदम उठत कलेस हो में हर दम उठत हो थोड़ा थोड़ा रहा कहाँ पे लाब जनवा हमे राजा हो थोड़ा थोड़ा रहा लाब जनवा हमे राजा होना भैर मोहिया को न लागे हमरो मनवा हमरे राजा हो सजना महा भैर नीरम मोहिया हे बल माँ भैर नीरम मोहिया बहरा रहे पियापन मांग में बहरा पाने मांग में कनिकन हम के याद कर मन में तन कनिक हमके याद करत मन में भाई, ले पुल भई राजा पणमा हम राजुल भ हमरे पर हमरे राजा हो सजनमा भैर नीरा तन को कनकोन लागे हमरे मनवा हमरे राजा हो सजनमा भैर नीरा मोहैया हे बोलुमा भैर निरा मोहया हम अगिया लगती कमन करे हम अगिया लगती जाती जो चाहे जो जहर खाई मरती जाती चाहे जहर खाई मरती अगिया लगे बात कनवा लगे तुकवा हम राजा हो हे सजनमा भैल निरल मोहया कोन लागे हम मनवा हमरे राजा हो सजनवा भैल नीर मोहया बोलो भैल नीरम Oh yeah.